चलो देखते हैं आज में क्या है बहुत बहुत तेज तेज हो हो रहा हो रहा साथ मजा मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता ओ भाई क्या है ओपी ओपी। चलो चलते बैग बैग होते हैं। और आगे देखते हैं में क्या क्या है कुछ नहीं आज कर नहीं है कुछ बस इतना ही वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना रेड कलर का बटन दबाना मत भूलना